सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने 13 लाख 50 हजार के मोबाइल फोन बरामद किए हैं और उसके बाद उन लोगों को मोबाइल लौटा दिए गए जिनके मोबाइल चोरी हुए थे जिसमें लोगों में काफी उत्साह है दरअसल पिछले कुछ महीनों में लगातार जिले के थाने से मोबाइल चोरी होने की खबर आ रही थी जिसके बाद सिंगरौली पुलिस ने धनतेरस पर लगभग तेरह लाख पचास हजार के मोबाइल को बरामद किए हैं बरामद किए गए मोबाइल की संख्या एक थी पुलिस अधीक्षक बेन्द्र सिंह के नेतृत्व में साइबर सेल सिंगरौली ने अभियान चलाकर मोबाइलों को ढूंढा और लोगों को धनतेरस के उपलक्ष में जिनके मोबाइल थे उन्हें वापस कर दिए लोग अपने मोबाइल पाकर काफ़ी खुश नजर आए ये निश्चित रूप से लोगों के जो मोबाइल किसी कारण से गुम हो जाते हैं चिड़ जाते हैं गिर जाते हैं या चोरी हो जाते हैं उनकी जानकारी के बिना कोई उठा ले जाता है ऐसे मोबाइलों को जिनमें पुलिस को जानकारी दी गई थी आवेदकों के द्वारा उन मोबाइलों को ट्रेस आउट किया गया जिसमें हमारी साइबर टीम के द्वारा पुलिस अधीक्षक पहुँचे के निर्देश पर कठिन से कठिन तरीके से उनको दस्तियाब किए गए इससे करीब 121 मोबाइल पुलिस ने दस्तियाब किए थे जिनको आज धुलतेरस के दिन लोगों को लौटाने के लिए नियत किया गया था उसमें से करीब आधे मोबाइल लेने के लिए लोग आए हैं आधे मोबाइल अभी बचे हुए हैं इनकी कीमत करीब तेरह से चौदह लाख के आसपास की है ये मोबाइल लोगों को लौटाए गए जिससे उनके चेहरे वास्तव में घुसिया आई आप चाहेंगे पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के अंदर ऐसा भावना रहती है कि पुलिस कुछ नहीं करती है तो आज मेरा ढाई साल बाद फोन मिला है और मैं जानना चाहूँगी कि मतलब चोरी किसने किया है क्योंकि मेरा दर्द किया बारह दिन हुआ था तो फोन लिए हुए और गैस एजेंसी से चोरी खुश है